नमस्कार भाइयों आज मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये मैंने पहले लिखी हुई है और इसका मंचन आज करने का मौका मिल रहा है ये नेताओं के ऊपर है जो चुनाव से पहले तो एक एक आदमी से मिलने का प्रयास करते हैं पर जब चुनाव खत्म होता है तो लोग उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और मिल नहीं पाते हैं उनको लेकर के तो माँ सरस्वती और भगवान गजानन का आशीर्वाद लेकर के आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वोट की खातिर देखो नेता क्या क्या जुगत बिड़ाते वोट की खातिर देखो नेता क्या क्या जुगत बिड़ाते नोट बांटते थप्पड़ खाते टांगे भी तोड़वाते वोट की खातिर देखो नेता क्या क्या जुगत बढ़ाते मतलब आप समझते रहिए इनके लोगों के घर घर जाकर हाथ जोड़ते घर घर जाकर हाथ जोड़ते जब तक वोट न पाते घर घर जाकर हाथ जोड़ते जब तक वोट न पाते बिना किसी डर के पब्लिक में बैठ चाहे चुस्काते पर जैसे ही विजयी होकर पहने जीत की माला पर जैसे ही विजयी होकर पहने जीत की माला जनता से भय खा कर रखते सिक्योरिटी का ताला जनता से भय खा कर रखते सिक्योरिटी का ताला जनता के पैसे से जो लैपटॉप जनता के पैसे से जो लैपटॉप और भत्ता बांटे कुर्सी जाए तो अपने संग टोटी भी ले जाते वोट की खातिर देखो नेता क्या क्या जुड़े जीत की खातिर भूल बेचती अलग अलग तरीके के हैं जीत की खातिर भूल बेचती दुश्मन से मिल जाते जीत की खातिर भूल बेचती दुश्मन से मिल जाते जिसने तन के उधाड़े, उसको गले लगाते कभी राम के अस्तित्व पर ही जो प्रश्न उठाते कभी राम के अस्तित्व पर ही जो प्रश्न उठाते वही जनेऊ धर कांधे पर मंदिर मंदिर जाते वोट की खातिर देखो नेता क्या क्या जुगत बिड़ाते भ्रष्टाचार मिटाने को भ्रष्टाचार मिटाने को जो झाड़ू हाथ उठाते भ्रष्टाचार मिटाने को जो झाड़ू हाथ उठाते भ्रष्टारी से भ्रष्टाचारी से मिल आदर्शों की धूल उड़ाते उसी झाड़ू से फिर आदर्शों की धूल उड़ाने लगते जबकि चले थे वो भ्रष्टाचार मिटाने को उससे लाल ले हाथ में जो जग करने जाते लाल ले हाथ में जो जग करने जाते मौका मिलते ही भैंसों का चारा चढ़ कर जाते वोट की खातिर देखो नेता क्या क्या जगत राम नाम की माला जब जो शिव सैनिक कहलाते राम नाम की माला जब जो शिव सैनिक कहलाते सत्ता के लालच में वो भी राम विमुख हो जाते अब ऐसे नेताओं से बस चार पंक्तियां कहना चाहता हूं जनता के माध्यम से जनता की तरफ से कि सत्ता आएगी जाएगी जीत हार अनजान यहा किसको कब सत्ता मिलेगी कब वो सत्ता से बेतकाल हो जाएगा कोई नहीं कह सकता सब जनता के हाथ में है सब ईश्वर के हाथ में है कि सत्ता आएगी जाएगी जीत हार अनजान यहाँ पर आदर्शों पे ही चल कर रहे अटल सा नाम यहाँ पर आदर्शों पर ही चल कर रहे अटल सा नाम यहां रावण कंस जरा संधो भी मिटता अभिमान यहाँ रावण कंस जरा संधो का भी मिटता अभिमान यहा यह हमारी ऐसी धरती है जिसने इतिहास में हमें बताया है कि अभिमान कभी किसी का रहा नहीं सत्ता कभी एक आदमी के हाथ में रही नहीं इसलिए सत्ता आएगी जाएगी जीत हार अनजान यहाँ पर आदर्शों पर ही चलकर रहे अटल सा नाम यहाँ रावण कंस जरा संधो का भी मिटता है नाम यहाँ नहीं शाश्वत कुछ भी जग में रहे नहीं अभिमान यहाँ नहीं शाश्वत कुछ भी जग में नहीं रहे अफमान यहाँ इसलिए सभी नेताओं से यह आग्रह है कि वो केवल वोट की राजनीति ना करें और जनता के मनयुखाओं को समझें उनको उचित सम्मान दें उचित प्रेम दें इसी के साथ सभी को जय श्री राम नमस्कार जय श्री वि